हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं ये वीडियो एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर से देखना और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन भी दबा लेना मैं आपके लिए यूट्यूब से रिलेटेड इंपोर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब चैनल की एक प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ और ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत से यूट्यूबर को आ रही है मुझे इस प्रॉब्लम को लेकर इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं तो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके इस प्रॉब्लम के बारे में बताया है तो उनका एक यूट्यूब चैनल है और उस चैनल पर उनके दो लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है लेकिन अभी यूट्यूब ने क्या किया है कि उनके चैनल का मोनिटाइजेशन डिसबल कर दिया है उन्होंने जो स्क्रीन भेजा है वो स्क्रीन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं उनके चैनल का मोनिटाइजेशन यूट्यूब ने तीस दिन के लिए डिसेबल कर दिया है मतलब एक महीने तक वो अपने चैनल से एक भी रुपए की अर्निंग नहीं कर पाएंगे एक महीने के लिए उनका एडिसन डिसेबल कर दिया गया है तो उन्होंने इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था तो उनके चैनल का जो मोनिटाइजेशन डिसेबल किया है यूट्यूब ने तो यूट्यूब ने उनको कुछ भी नहीं बताया कि उनका मोनिटाइजेशन डिसबल क्यों हुआ है और बिना बताए YouTube ने उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल क्यों हुआ है और इसको वापस एक्टिव कैसे करना है तो जब उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया तो उसके बाद मैंने क्या किया कि उनके चैनल पर जाकर उनका यूट्यूब चैनल मैंने अच्छे से चेक किया तो उन्होंने अपनी वीडियो में तो कोई भी गलती नहीं कर रखी थी जिसकी वजह से उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाए लेकिन उसके बाद मैंने उनके चैनल का टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक किया तो जब मैंने उनके चैनल का टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक किया तो मुझे उनके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होने का कारण पता चल गया तो उनके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होने का जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि उन्होंने जिस तरह की गलती कर रहे कितनी वैसी गलती आप ना करें तो उनका चैनल मोनेटाइज़ भी था और वो अपने चैनल से अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे थे लेकिन अचानक यूट्यूब ने उनके चैनल को एक महीने के लिए मोनिटाइजेशन डिसेबल कर दिया तो इन्होंने क्या गलती की है जिसकी वजह से YouTube ने इनके चैनल का मोनेटाइजेशन एक महीने के लिए डिसेबल किया है तो इन्होंने गलती क्या कर रखी थी कि ये अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करते थे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बहुत सारे कीवर्ड भर देते थे और इन्होंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे हैश भी लगा रखे थे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे की भरने की वजह से इनके चैनल का मॉनिटाइजेशन डिसेबल हुआ है और ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत से यूट्यूबर को आ रही है बहुत से लोगों का मोनिटाइजेशन यूट्यूब ने डिसेबल कर दिया है अगर आप अपनी वीडियो में कोई भी गलती नहीं करते हैं और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड वर्ड भर देते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड वर्ड भरने की वजह से यूट्यूब आपके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देता है तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको चैनल मोनिटाइज होने के बाद अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे की नहीं भरना है तो ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ तो अगर आपके भी यूट्यूब चैनल का मोनिटाइजेशन यूट्यूब के द्वारा डिसेबल कर दिया जाता है तो सबसे पहले तो आपको अपनी वीडियो का करना है मतलब जो जो हटाना है और जब आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को क्लियर करके एक महीने बाद दोबारा मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपका चैनल दोबारा मोनिटाइज हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं आपके लिए यूट्यूब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूं और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद थैंक यू सो मच